कोई कोई सला पीर उठना ही है नमस्ते नमस्ते और और साला खाली बोल हो जाएगा कि गिरवा कर खींच अरे खींच रे अरे खींच रे गोइलन जा तरत

मोबाइल और आईफोन और सब सब सब सब मोबाइल आईफोन आज गरम हो गया 4000 का मोबाइल नहीं है कोई मोबाइल नहीं हो गया मोबाइल

गाड़ी को तब रहा है पास

घूमा घुमा के घर में घूमा घुमा के

चप्पल देखिए जानवर है

जिंदगी भर तो से बदवा हमारे

चलो चलो <coughs> चलो

नौ <laughs> <laughs> बैस जिंदगी में कुछ

जिंदगी में क्या पानी बहल बना हो नहीं तेज़ लेकिन बहुत है में में मंतोष बीजेल

बारिश होने बड़ा बढ़िया रूप होते भोजन

जाइए कि बुरा नहीं किया था ना तो लिया चल लेता हूँ। क्या लेते हैं? तारुकी तारुकी। रुक रुक रुक। हवा बात दे रहा है। देख क्या लेते हैं? ब्रेकले ब्रेकले। लड़के यार क्या बुरी होता है?

ले लो भो भो। आजो आजो आजो आजो जा वैभव संभो संभो आ जाओ तो डायरेक्ट आ जाओ और बाकी हमारे पीछे खेलो चला जाओ वहीं पहुंच जाएंगे अब ठीक है राजा आप को नई चीज मिलेगा यार

तोरे रे अरे हम करा ना कुछ नहीं है अपना ध्यान में ध्यान में करो ना तो लाल हो जाएगा गाड़ी नहीं है हम का आपसे बात नहीं कर सकते

के चला भैया स्टॉप भाई

ना। ना। आए केबा दोबारा निकालो तब ले आई ऊपर गनी है ना तो 10000 का के अपन अपन चले ताके भिंज है बाबू जो चाहे भिंज चाहे जब भिंज जाओ काओ और तो जा तो पूरा भिंजने भिंज बनो तभी ज्यादा दिक्कत पड़े

पदर पदर न खबर रही पदर पदर भई जा तू ना कहीं गेला ना हम ना भिंजने पानी खोल में चढ़ी पर हम हमने हम शुक्ला जी खोल गला उठे हम खोलने कथा तकले झिनजे जह पूरा भईबे ना कहले रहल भैया ठीक जगह से पानी मिलाउन उनका बराबर पानी कहे भले डाल भले डाल बोले नहीं ना लेकिन जहां पार के सुरुवे से खाल में गइल हम हमरा साला हेनूच पे चल के पास में जा के खाल में घुस के नहीं आ जा हम हे यहां तक ना अभी नहीं हां हे यहां तक और यहां तक के नहीं जा

यजा तक हम पत्थर पछाड़ के आगे अब वो ये साला धरवत तेज रहे वो ये नानू के फट जला पछाड़ के साला चचड़िया प गई है चचड़िया में पला ही थी टीला के छाना डल लप लप पैसे से मारा था सब पार्टी अपन आवत न अब आगे आ एक दोरा अजीब वाला पाके ठीक से न 3 से 4 तक 3 4

बीस पच्चीस

सारा जो एक लगा हुआ है बाजू में तो नहीं देखो डबल के में डाल दो हमारे तरीके से देखा जाए या तो हाल का पैसा के लगा सुबह के 22 तक अपना ले लाबा

में <laughs> <गान्या> ना वो तो दिया पानी गया बोल मिनट मिनट के के के होता घंटा हो चल देरी से है। देरी है दाला दाला देरी के दाला के दाला का है का झारना पे और अच्छा लगे

जो खाना बना पड़िए प्रथम

वॉइस लगाए लेके पढ़ाला हां से वॉइस लगाए लेके पढ़ाला हां वे ठंडा कुछ ना है एक तो वॉइस हां खाली कछी पे जाके नहीं सब खुलेगा ना घर कछी नहीं ये का के जा तू का करना सब ये छोड़े रहा है लाइक अकेले खाना खा रहा है

साल गाय तीी रहा

तो फ्रेंड आ गए हम लोग शीतल पुंड देख हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है झरना

मार मार मार जाता बात मार्थे हेलो फ्रेंड हम लोग शीतल कुंड में नहा लिए

लेकिन वीडियो न नहीं बना पाया यहाँ पे पानी ज्यादा गिरने के कारण से मोबाइल के कैमरे पर आकर बैठ जा रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना पाया अभी भी पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है ओके फ्रेंड अब आगे देखते हैं क्या होता है

तो जान क्या कोई गईले